क्या आप जानते हैं कि दिन भर तालाब नदी में तैरने वाली मछलियां आखिर आराम कैसे करती हैं और किस तरह से सोती हैं जानते हैं मछलियों के सोने से जुड़ी कई खास बातें आपने नदी तालाब समुद्र में मछलियों को तैरते हुए तो देखा होगा आपने देखा होगा कि मछली हमेशा तैरती ही रहती है तो कभी आपके मन में सवाल आया होगा कि ये मछलियां तैरते हुए कभी थकती नहीं है या फिर कभी सोचा होगा कि ये मछलियां सोती नहीं है क्या अगर सोती भी है तो कैसे सोती होगी अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल आते हैं तो आज हम आपको इन सवालों के जवाब दे रहे हैं इन सवालों का जवाब जानकर आप भी समझ जाएंगे की आखिर मछलियाँ हमेशा पानी में तैरती है और किस तरह से अपनी थकान मिटाती है और अपनी नींद को किस तरह पूरी करती है जानते हैं मछलियों की नींद से जुड़ी कुछ रोचक बातें जो आप पहले शायद ही जानते होंगे पहले तो आपको बता दें कि जैसे आपको आराम की जरूरत होती है वैसे ही मछलियों को भी आराम की जरूरत होती है इसलिए मछलियां भी रेस्ट करती है और सोती भी है लेकिन मछलियाँ इंसानों की तरह नहीं होती कि एक बार सोए तो सुबह 8 बजे भी काफी मशक्कत के बाद उठे मछलियाँ पूरे दिन में कभी भी सोकर अपनी थकान की भरपाई कर लेती है कभी दिन में तो कभी रात में मछलियाँ पूरे दिन में कई बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए सोती है लेकिन सोते वक्त उनका माइंड एक्टिव रहता है ऐसा नहीं है की मछलियाँ अन्य जानवरों की तरह गहरी नींद में सोए मछलियाँ अक्सर पानी के अंदर ही सोती है आपने देखा होगा कि एक्वेरियम में रखी मछलियां भी कई बार कुछ देर के लिए तैरना बंद कर देती है इस वक्त वो आराम ही करती है वैसे कई मछलियां नदी तालाब आदि के किनारे पर रेस्ट करती है ऐसा ही एक्वेरियम में भी मछलियां एक कोने में कई बार एक ही जगह स्थिर दिखाई देती है और उस वक्त वो सो रही होती है सोने के टाइम की बात करे तो यह कुछ मछलियों में अलग भी होता है और रात में ज्यादातर मछलियां आराम करती है अधिकतर मछलियों के पलके नहीं होती है तो उनकी आँख हमेशा खुली ही दिखाई देती है हर मछली के सोने का तरीका अलग अलग होता है गहराई में जाकर या किसी पत्थर की आड़ में सोती है वैसे कहा जाता है कि अपने अंडों की रक्षा आदि के वक्त वो कई दिन तक सोती नहीं है और तैरती रहती है इसलिए सोने की क्रिया हर मछली की अलग अलग होती है क्विस्टलैंड विश्वविद्यालय के अलेगजेंडर गुटर की अगुवाई वाले वैज्ञानिक के एक अंतरराष्ट्रीय दल ने अपनी रिसर्च में पाया कि मछलियां जब सोती है तब परजीवी से बचने के लिए मच्छरदानी की भांति म्यूकस कोकून बना लेती है वैज्ञानिकों का कहना है कि म्यूकस कोकून मछलियों को रात में शिकार करने वाले अन्य जल जीवों ऐसी बचाता है लेकिन इसकी जांच के लिए कोई भी अध्ययन नहीं किया गया था तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो अब हम मिलते आपको अगली वीडियो में